वेलकम टू आई टी आई टेक्निकल चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज मैं आपके सामने फिर से एक नई क्लास लेकर के आया हूँ जो कि वर्कशॉप कैलकुलेशन की है पिछली क्लास में मैंने आपको परसेंटेज टॉपिक पढ़ाया हुआ था जिस किसी ने भी परसेंटेज टॉपिक नहीं देखा हुआ है वह आई बटन की लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकता है आज का मैं यहाँ पे एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि अनुपात समानुपात है। अब मैंने अनुपात समानुपात में कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, हैं। जो कि आपको स्क्रीन हाँ पे दिख रहे सबसे पहले तो हम जानेंगे अनुपात समानुपात का साइन कैसा होता है ये जो प्वाइंट है ये हमारा अनुपात को इंडिकेट करता है और ये जो हमारा अनुपात को इंडिकेट करता है अब ये तो बात हो गई अनुपात समानुपात की पांच कमा नौ कमा बारह का चतुर्थ पाती क्या होगा मतलब इसमें तीन नंबर दिए जाए चौथा नंबर निकालना है जब इस तरीके की लैंग्वेज दी गई होगी तो हमें क्या करना है सबसे पहले हम क्वेश्चन को डॉप करेंगे फाइव नाइन ट्वेल्व का चतुर्थाम पार्टी जब हम चतुर्थान पाती पूछेंगे तो मान एक चतुर्थान पाती हमारा X है सॉल्व किस तरीके से करेंगे फाइव रेशियो नाइन समानुपात पार पार एक्स जो कि हमने फोर एक्स माना हुआ है हमें एक्स की एक वैल्यू निकालती है अब इस तरह के क्वेश्चन को तो सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला है बाहे पदों का गुणनफल इज इक्वल टू इज इक्वल टू आंतरिक पदों का गुणनफल अब देखिए इसमें बायपद कौन से फाइव एक्स ये हमारा बायपद हो गया मतलब फाइव इंटू एक्स इज इक्वल टू आंतरिक पदों का दूरनपन नाइन इंटू ट्वेल्व नौ अब हमें करना क्या है एक्स को यहां पे एक सौ आठ बटे एक्स बराबर पांच दस पांच पांच पॉइंट लगाया जीरो बढ़ाया पांच तीस मतलब कि इक्कीस दशमलव छ इसका जो चतुर्था अनुपाति आया हमारा वह इक्कीस दशमलव छ आ गया अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे लिखा हुआ है अठारह चौबीस का तृतीय अनुपाति क्या होगा मतलब दो नंबर दिए गए हैं, हमें तीसरा नंबर निकालना है अब देखिए इसी फॉर्मूले का यूज करना अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है अठारह चौबीस गुणे चौबीस अब एक्स इज इक्वल चौबीस गुण चौबीस बटे अठारह अब एक्स इज इक्वल टू दो नौ अठारह बारह तीन तिर 3 तीन 3 को बारह अब तेरह चौबीस आठ सौ बत्तीस तो हमारा इफेक्ट कितनी क्या आ गया थर्टी टू अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहां लेंगे लिखा ले ले? है छमर चौबीस का मध्यानुपात जाए अब हम मध्यानुपात जाएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड जिसमें कि पूछा गया पाती जब भी आपसे या बीच का पॉइंट पूछा जाएगा तो, तो इस तरीके क्या आएगा रूट के अंदर 6 24 की 4 हासिल दो 6 दूनी 12 दो चौदह मतलब एक सौ को निकालना तो कैसे निकालेंगे सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे दो सत्ते चौदह दो चार दो तेन छो तेन छह दो छह दो इक्कीन दो, दो दो अठे सोलह दो, दो नौ अठारह तीन नौ तीन इक्कीन तीन अब देखिए इसको रूट से बाहर निकालने के लिए स्कोर रूप में दिया गया है में से वन वन का लेंगे। मतलब ये हमारा आ गया चौदह तो इसका जो आ आ गया, आ गया। वो हमारा अब क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर की ओर चलेंगे। में दिया है, A तो हमें अनुपात सी की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन नंबर फोर लिखा हुआ है ए अनुपात बी बराबर छ अनुपात आठ और बी अनुपात सी बराबर बारह अनुपात चौदह तो ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल तो इसका फॉर्मूला है ए अनुपात बी अनुपात सी ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है छपात आठ इसके आगे बारह चौदह तो बारह अनुपात चौदह इस तरीके से हम लिख लेंगे अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई इसका इसके साथ इसका इसके साथ अब हम आगे चलेंगे तो बारह छ बहत्तर अनुपात बारह के, बारह के छियानवे अनुपात चौदह के, एक सौ बारह यह हमारा आज ए अनुपात b अनुपात सी अब इसे हम छोटा भी कर सकते हैं मालिक टू थ्री या सिक्स टू फोर या ट्वेल्व 16 10 12 और भी 2 4 टू फोर जाएगा जा जा कितना आ जा? A, अन्पार, B, अन्पार, A, गया A अनुपात B अनुपात C C क्वेश्चन में पूछा गया A अनुपात अनुपात अनुपात अनुपात अनुपात B क्या होगा 17 24 28 क्वेश्चन नंबर फोर जो कि कंप्लीट हो गया है अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया गया है दूध और पानी के 42 लीटर में दूध और पानी का अनुपात 5 अनुपात 2 है यदि इस मिश्रण में तीन लीटर पानी और डाल दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा सबसे पहले निकालेंगे मिश्रण में दूध की मात्रा मिश्रण में तो दूध और पानी दूध कितना है पांच तो पांच बटे टोटल कितना है सात अब हम क्या करेंगे सात छियालीस पंद्रह पैतीस सात छयालीस ये हमारा दूध की मात्रा कितनी आई तीस लीटर अब हम पानी की मात्रा निकालेंगे तो पानी की मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे जब हमारी दूध कितनी आ गई तो पानी की कितनी आएगी? जितना दूध टोटल में से दूध और पानी का टोटल 42 लीटर था तो 42 माइनस तीस बराबर कितना आ गया बारह लीटर ठीक पानी का अनुपात देखिए जैसे में तीन लीटर पानी और डाल दिया गया तो हमारा मिश्रण का जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा तीस अनुपात बारह प्लस कितना तीन लीटर पानी और मिला दिया गया ना तो यहाँ पे प्लस तीन ठीक ये हमारा पानी की मात्रा थी और तीन लीटर इसमें और पानी डाल दिया गया तो नया मिश्रण आ गया ना ये देखिए तीन अनुपात बारह तीन पंद्रह तो पंद्रह एक नंद्रह दो तीन तो हमारे नया अनुपात क्या आ गया दो अनुपात एक मतलब नया जो दूध और पानी का अनुपात था दो अनुपात आ गया क्वेश्चन में यही पूछा हुआ था कि दिया तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या मिश्रण मिश्रण का पहले जो दूध और पानी कितने लीटर था बयालीस लीटर और दूध और पानी का अनुपात पांच अनुपात दो था अब यदि तीन लीटर पानी और डाल दिया तो नया मिश्रण बन गया मिश्रण हो गई? गई गई हो हो हो पानी पानी की मात्रा इसके में दूध का का हमारा गया इसके बाद यह हमारा, हमारा पानी हो गया और नाइन स्टैंड दिखता है तीन लीटर अब हम मिले क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर सबसे पहले हमें करना क्या है इसमें दिए गए मिश्रण में दूध की मात्रा निकालनी है क्वेश्चन नंबर सिक्स दिए गए मिश्रण में दूध की